दोस्तों मैहू सुधा रानी आप देख रहे हैं जस्ट वेलकम बैक आज का मुद्दा है करेक्टर है वो डॉक्यूमेंट्री को रोक देना मगर दूसरे दिन ये कि अगर बीजेपी उनको एक्सपोज करी अगर उसको गलत साबित किया तो वो देश छोड़ कर चली जाती है और इस बीचों बीच उन्होंने ये एक मुद्दा उठाया कि ये माँ काली का कॉन्ट्रोवर्सी वो ऐसे ही नहीं की क्योंकि उन्होंने कई बार पार्लियामेंट में कहा ये हिंदी यूनाइटेड है क्योंकि ये इस देश में मुस्लिम है मुस्लिम का डर ही इनको नट बनाती है और बल्कि खुद वो एक्सपोज होते ही रही इतने दिन और कल तो बीजेपी को चैलेंज करी कि उनको एक्सपोज करे तो वो ये देश छोड़कर चले जाएगी इनके लिए बीजेपी क्यों उन्हों खुद नहीं जानते ऐसा हिंदुओं का आस्था सनातन धर्म को पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लिबरल बन के बन के लिबरांडो कब बन गई और कब ये लिब्रांडो जोकर बन गई ये खुद को पता नहीं मोदी जी इसी लिए नहीं है या बीजेपी वाले आपको रिटलेट नहीं कर रहे या हिंदू लिटरेट नहीं कर रहे क्योंकि वो समझते हैं आप इग्नोरेट हैं तो किसी और से को प्रॉब्लम नहीं है आप जो कर निकले तो आपको देख कर, आपने अपने सा अपने ज्ञान को देखकर सब लोग हंस रहे हैं सब लोग एनडीटीवी डी की एंकर्स नहीं होते हैं जो आप कहते हैं वो सुनते रहेंगे आप प्रदेश हंस रही है ये बात आप नज़रअंदाज करने का ये जो टैक्टिक है ये रोने धोने का टैक्टिक आप बंद करिए अब ये ट्रिपलर नहीं चलेगी इस देश में जो रेस्ट द इश्यू के लिए आप जो जिस तरह लिब्रांडो बनी आ, सब लोगों को मालूम हो गया है और जो माल काली पर आपको स्टेटमेंट दी ये इससे पता चलता है आपका ज्ञान कितना है सनातन धर्म पर खुद हिंदू बोलने शायद आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जे बीम जे बीम वाले का वोट मिलता होगा इसीलिए आप इतना ज़्यादा जितना तरह हिंदू अपने धर्म को समझते हैं उसमें एक परसेंट भी आपको कुछ नहीं मालूम है दोस्तों मैं इनको एक्सपोज करना चाहती हूँ विताल तथ्य फैक्ट्स से इनको एक्सपोज करूँगी और जो इसका नज़रिया है ये हिंदू धर्म में तो प्रश्न चिन्ह उठाती है मगर यही महुआ मोहत्रा वही कैमल मोत्रा ने कभी हलाला पर कुछ नहीं बोला हलाला का जो गार्ड है जो अल्लाह है वो हलाला करके किसी को जानवर को काट कर खाने का इजाज़त देता है तब उसको हल्ला इतना बयानत नहीं दिखता जितना काली माँ काली दिखती है इनके लिए और ना ना क्योंकि इनको लिब्रांडो बनना है क्योंकि ये उन गैंगों में से एक है जो ये ट्रिपल आर में रजद ईश्यू करने वाले के साथ ये रहकर हिंदूओं हिंदुओं को डाइवर्ट करना चाहती है तो इसका इनका ड्रामा एक्सपोज हुआ क्योंकि ये सम खुद को समझ में खुद का धर्म समझ में नहीं आता तो इसका दोष किसका है और लोगों को तो नहीं होता है ना जैसे नूपुर शर्मा ने निपुर उसको सीरियस लेकर कर करके उसको बहकाऊ में आकर जिहादी करने वाले वो उनका प्रॉब्लम है और ना ही किसी आम जनता का प्रॉब्लम है क्योंकि तो जो जो, जो जिसका पोखरिया में कितना ज्ञान होती है वो उतनी तर, उतनी लेवल पर ही सोचती तो महमा मोहत्रा से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपको तो आ, माँ इतना भयानक डरावना सा मांस काले वाले आलका ही काले पीने वाले ऐसा आपका इमेजिनेशन इतना गंदगी से भरी हुई है जो माँ के बारे में क्या आपने पढ़ा कभी क्या सनातन धर्म के बारे आपने मरा नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप ये जय भीम जय भीम का ये कम्युनल पॉलिटिक्स करने में भी आप व्यस्त रहे होंगे आप आपको कितने बार टीवी चैनल्स ने एक्सपोज किया आप जो बात करती है वो कभी अमेरिका में या लंदन में किए गए सो वो बात ही आप हमारे पार्लियामेंट में आकर आप बोलती है बोलके आपको शर्मिंदगी क्यों नहीं होती ये मुझे मालूम है ये एक ये पहली बार नहीं मगर ये आ, बहुत बार आपने ऐसा गुस्ताखी की कि, कि हिंदू धर्म को आपको इंसल्ट कर रहे तो मैं दोस्तों आप इन महुआ मित्रा को देखिए और एक तरफ यही बंगाल से आने वाले पूजनीय रामकृष्ण परमहंसा जी को देखिए मां काली को वो ये इतना भयानक डराव सा मास्क आने वाले आल्हिकने वाले बोल रही है मगर महुआ मोहत्रा जी आपके बंगाल से आने वाले जो आपको सपोर्ट करने वाले ममता दीदी से पूछना चाहती हूँ यही रामा कृष्ण को तो मां काली का चरण पायल उनका कानों में सुनाई जैसे है और उनके जो एटर्नल प्यार है वो उनका प्यार उन पर बरस रही है वो माँ काली के लिए तरस गया है उनके एक दर्शन पर जब उन्होंने माँ काली का डिस्क्राइब करते हुए कहा कि माँ काली काली नाम से काली है मगर जब क्योंकि तुम उनके दूर हो आप उनके समझने में उनका उनको पाने के लिए पाने से दूर हो इसी वो काली दिखती है जैसे हमको आसमान काले दिखती है मगर जब सच्ची में अंतरिक्ष में जाए तो वहाँ पे कोई रंग नहीं होता आसमान का वैसे ही माँ काली से हम दूर है इसीलिए काली का आप लोग डार्क या काला रंग का पहचान दे रहे हैं मगर जब माँ काली का प्यार अनंत प्यार और वो कृपा आप जब फील करेंगे आप उनका एहसास करेंगे तब माँ काली कोई और रंग नहीं माँ काली माँ होती है उनका इनका इनका प्यार में हम तरस जाएंगे बोल के रामाकृष्ण परमहंस जी ने बोला तो इससे पता चलता है कि यद भावन तद्भवती महुआ महित्रा के दिल में ही सनातन धर्म के लिए तो आक्रोश आक्रोशता जो जो उनके के लिए सनातन धर्म जो, जो बैड फीलिंग्स है वो ही इनका एगोइज़म है इनका जो ही इनका कैरेक्टर है वो ही दर्शाती है मां काली को जब वो देखते हैं तो तो इसको कहते हैं संस्कृत में यदभावन तद्भवती जैसा आपने सोचा वैसे ही पाया इसीलिए इनको एक डहराण भयानक मगर रामकृष्ण परमहंसा जी को तो माँ काली एक अनंत वता है जो प्यार ही तरह प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं है उनके पास उनका रंग काली काला रंग क्या है इसीलिए है क्योंकि हम उनसे दूर है मैं और एक एग्जांपल दोस्तों आपको देना चाहती हूँ कि ये लोग ये लिबरेंडो गैंग ये कान मार्केट गैंग ये टूलकिट गैंग वाले ये बॉलीवुड हॉलीवुड वो लग, ये समझते हैं कि जैसे ये लोग सैफ मोडी जी को योगी जी को देखकर सैफ फ्रंट टेररिज्म का इनको याद आती है मगर अफ्रीका से लेकर इंडिया में हर एक नागरिक जो कोरोना से जब बच गए तो तब इन उन, उनका प्यार देखा जो उनका कंसंट्रेशन देखा जो हमको बचाने के लिए उनने कितना सक्तीन तरीके से काम किया उस देखने के बाद हमको लग हम जैसे बहुत इंसान जिसका नाम इंसान है वो सब ने उनको एक अमृत मूर्ति एक प्यार भरा मूर्ति ही जो इनके मन में ह्यूमानिटी के अलावा कुछ नहीं है वो प्यार ही प्यार है मोदी जी के अंदर बोल के समझने वाले लोग अलग है और कौन लोग है उनको काली से अफरान टेररिज्म की तरह उनको दिखती है क्योंकि इनके मन में डर है इसीलिए मोदी जी का प्यार नहीं दिख रहा मोदी जी का डेवलपमेंट नहीं इनको काली सैफरन टेर्रिज्म दिख रही है अगर जो अन्याय में बात अन्याय पर दंड करने वाला योगी जी भी इनको टेर्रिस्ट सेफरन टेर्रिज्म की तरह दिख रहा है देश गुम हो जा रही है देश बर्बाद हो जा रही है ये इनका नारा लगाते हैं इसको कहते हैं यद बावन तदभावती कोई डराने वाला डाइन नहीं है उनका पास अनंत प्रेम है जो हम हम उनसे दूर है इसलिए माँ काली का रूप आपको भयानक लग रही है अगर हम माँ काली को समझने लगे हैं उनके पास अनंत प्यार है जिसमें हमको मोक्ष मिलती है और फिर एक बार जन्म लेने के लिए दुविधा नहीं प्रकट होती है हमको मोक्ष में मिलती है इसीलिए आप यद सदा यद भवन तद भावती सदा मा मां काली को स्मरण कीजिए मां काली का प्यार आप भी पाइए होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए जय हिंद जय जे भारत